जय हिंद तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के एक मुख्य टॉपिक कैंसर के बारे में कैंसर क्या होता है कैंसर के कारण क्या है तथा उसके उपचार क्या है तथा उसके जांच किस प्रकार से होती है इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे तो आइए सर्वप्रथम हम लोग कैंसर के बारे में जानते हैं कैंसर कैसे होता है तो प्रारंभिक अवस्था में जो हमारे शरीर की कोशिकाएँ होती हैं वह उनमें वृद्धि व विकास एकदम नियंत्रित तरीके से होता है जब ये वृद्धि व विकास करके बड़ी होती है तो ये अपने बगल के कोशिकाओं से सस्पर्श संप संपदन सअस्पर्श संपदन कनेक्टेड इनहेबिटेशन सस्पर्श अस्पंदन के द्वारा जो उनमें वृद्धि व विकास का कार्य होता है वह स्वयं ही रुक जाता है और यही कार्य जो इसमें सअस्पर्श संपदन जो होता है सअस्पर्श संपदन जिसे इंग्लिश बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इसे बोलते हैं सअस्पर्श संपदन तो गाय जो सामान्य अवस्था में कोशिकाएं होती हैं उनमें वृद्धि व विकास व विभाजन नियंत्रित होता है तथा जब ये वृद्धि व विकास करके बड़ी हो जाती है जब ये अपने बगल की कोशिकाओं से टच होती है स्पर्श होती हैं तो उनमें ये सअस्पर्श स्पंदन कांटेक्ट इनहिबिशन का गुण पाया जाता है जिसके कारण उनका वृद्धि स्वयं ही रुक जाता है ये किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है जो कोशिका स्वस्थ होती है एकदम स्वस्थ विदाउट उसमें कोई भी डिजीज नहीं होता है तो ये एक स्वस्थ कोशिका का गुण होता है कि वह वृद्धि हुआ सअस्पष्ट संपतन कांटेक्ट इनहिबिशन के द्वारा जो उसका वृद्धि व विकास होता है ऑटोमेटिक स्वयं ही रुक जाता है और गाय जो यही सस्वस्थ स्पंदन होता है यही जो कैंसरस सेल होती है जो कैंसर सेल होती है उनमें नहीं पाई जाती हैं ये जो कैंसर सेल होती है एकदम लगातार से वृद्धि करती रहती है एकदम वृद्धि इनमें शास संपादन का कोई गुण ही नहीं पाया जाता जिसके कारण ये लगातार ढेर सारी कोशिकाओं का निर्माण करने लगती हैं। जैसे गाइस यहाँ पर एक कोशिका और यह कोशिका कौन सी है कैंसरस सेल यह कैंसर सेल है इनमें अनियमितता के द्वारा मतलब अनियमित वृद्धि के द्वारा ये देख देख रहे हैं आप लोग ढेर सारे कोशिकाओं का, का निर्माण कर दिया यहाँ पर तो मैंने छ ही बनाया है लेकिन ये असंख्य कोशिकाओं का, का निर्माण कर देगा और गाय जो कोशिकाएँ होंगे जो कैंसरस सेल होंगे होंगे उनका यह जो केंद्रक होता है जो यह सेंटर होता है अत्यधिक बड़ा होता है किन कोशिकाओं से अत्यधिक बड़ा होता है स्वस्थ कोशिकाओं से जो स्वस्थ कोशिका होती है उनका केंद्रक छोटा होता है लेकिन जो कैंसरस सेल होती है उनका केंद्रक बड़ा होता है तो गायज आप लोग जान गए कैंसरस सेल का निर्माण कैसे होता है तो गायज कैंसर का कैंसर जो होता है वह कोशिका की अनियमित वृद्धि के कारण होता है और वह अनियमित वृद्धि किस लिए होता है जो कोशिकाओ में अस्पर्श स्पर्श स्पंदन कांटेक्ट इनहिबिशन का गुण होता है वह समाप्त हो जाता है जिसके कारण ये अनियमित रूप से वृद्धि व विकास करके कैंसर सेल का निर्माण कर देती है अब गाय जी ये जो कैंसर सेल होती हैं ये बहुत ही खतरनाक व जानलेवा साथ साथ कष्टदायी भी होती है इसमें जो पीड़ित होता है उसे बहुत अधिक मात्रा में कष्ट भी होता है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है तो गैज अब आइए हम लोग कैंसर के प्रकार के बारे में जानते हैं जो कैंसर होता है वह दो प्रकार का होता है एक होता है सुदम एक होता है दुर्गम एक होता है सुदम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बिनिग बिनिग्न ट्यूमर और गाइज ये ट्यूमर यहाँ पर क्यों लिखा गया है ये जो इतनी सारी कैंसरस सेल हैं इनको समूह में हम लोग ट्यूमर बोलते हैं इनको समूह में हम लोग ट्यूमर बोलते हैं गाइस ये जो कैंसरस सेल एक सेल में अनियमितता के कारण ढेर सारे कैंसरस सेल का निर्माण हुआ अब इन कैंसरस सेल के ग्रुप को समूह को हम लोग ट्यूमर बोलते हैं अलाट ऑफ ग्रुप कैंसरस सेल इस कॉल ट्यूमरस तो गाइस अब आइए हम लोग जानते हैं इसके प्रकार के बारे में तो पहला जो होता है विनिग्न ट्यूमर या जो सुदम ट्यूमर होता है यह अपने चारों तरफ से संयोजित उतकों के द्वारा घिरे होते हैं अब गाय संयोजित उतक क्या होते हैं जिसे हम लोग इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं जैसे गाय संयोजित उतक हो गया हमारा ब्लड हो गया इसके बाद हमारा लिम्फ हो गया ब्लड हो गया लिम्फ हो गया अस्थि हो गया ये सभी और जो जो हड्डियां होती हैं, वे भी के द्वारा बनी होती हैं, तो इसे हम लोग संयोजित उतक कहते हैं गाइस सबसे अत्यधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सयोजित उतक का प्रमुख उदाहरण वो होता है हमारा ब्लड हमारा रक्त जो होता है वह सयोजित उतक का प्रकार है तो गायज अब यहाँ पर जो होता है सुदम ये से घिरे होते हैं मतलब जो सुदम ट्यूमर होते हैं ये संयोजित उत्को के द्वारा घिरे होते हैं चारों तरफ से संयोजित उतक लिंब ब्लड व अस्थि हड्डी होती है इसके बाद दूसरा ये धीरे धीरे वृद्धि करती हैं गाइज यह जो सुदम ट्यूमर होता है या धीरे धीरे वृद्धि करता है और यह जानलेवा नहीं होता है क्योंकि गाय जैसे मान लीजिए या कोई सेल है या कैंसरस सेल है और गाय जो कैंसरस सेल होता है इनका केंद्रक बड़ा होता है तो यहाँ पर अभी आपने चारों तरफ सयोजित उत्कों के द्वारा घिरे हुए हैं संयोजित उत्कों के द्वारा घिरे हुए हैं और गाय जो ये वृद्धि व विकास करते हैं धीरे धीरे करते हैं मान लीजिए जैसे फर्स्ट टाइम देखा गया यह है सुदम ट्यूमर आफ्टर दैट दस साल के बाद देखा जाएगा तो गाय केवल थोड़ा सा वृद्धि करेगा थोड़ा सा वृद्धि करेगा बस तो गाय यह जानलेवा नहीं होता है अगर यह सुदम ट्यूमर किसी को हुआ है तो वह डॉक्टर से इलाज करा के उसे ठीक किया जा सकता है गाय जो सुदम ट्यूमर होता है यह खतरनाक नहीं होता है और इसके बीपरीत जो दुर्दम ट्यूमर होता है जो मैलिक नैन ट्यूमर होता है यह बहुत ही खतरनाक होता है गाइस यह संयोजित उत्कों के द्वारा नहीं घिरा होता है और इसके साथ साथ जो इसमें स्पष्ट स्पंदन का गुण होता है वह तो बिल्कुल भी नहीं होता है इसमें तो थोड़ा बहुत होता है जिसके कारण ये धीरे धीरे वृद्धि करते हैं इसमें तो एकदम सा एकदम भी नहीं होता है और गाय ये तीव्र गति से वृद्धि करते हैं और ये रक्त व लसिका के माध्यम से फैलते हैं ये जो दुर्दम ट्यूमर होते हैं ये रक्त व लसिका के माध्यम से फैलते हैं क्योंकि गाय आप लोग जानते हैं जो लसिका होता है जो लसिका होता है उसकी मात्रा होता है साठ परसेंट और जो रक्त होता है उसकी मात्रा होती है चालीस परसेंट तो गाइज या हमारे शरीर में लसिका की मात्रा इतनी होती है और चालीस परसेंट में रक्त की मात्रा होती है अब इसमें इसके तीन पार्ट हो जाएंगे आर हो जाएंगे डब्ल्यू हो जाएंगे और प्लेटलेट हो जाएगा ये गाइज मैंने आपको पढ़ा दिया अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं तो यह रक्त व लसका के माध्यम से फैलता रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और गाइस यह बहुत ही तीव्र गति से फैलता है तो गाइस अब हम लोग पहले तो अर्बुद जिसे बोलते हैं ट्यूमर उसके प्रकार के बारे में जाने सुदम और दुदम अब है कैंसर अब कैंसर जो होता है वह तीन प्रकार का होता है पहला होता है कार्सिनोमा दूसरा होता है सार्कोमा तीसरा होता है ल्यूकेमिया। तो गाय जो कार्सिनोमा होता है यह जो होता है एक्टोडर्म अवस्था में उपस्थित उत्को को इन्फेक्टेड करता है उत्को को ग्रसित करता है कौन सी अवस्था में एक्टोडर्म गाय तीन प्रकार की शैल अवस्थाएं होती है एक, एक्टोडर्म एंडोडर्म मीजोडर्म तो गायज जो होता है एक्टोडर्म अवस्था में उपस्थित उत्को को ग्रसित करता है कौन ग्रसित करता है कार्सिनोमा कैंसर गायज एक बात है अगर ये कैंसर आप लोगों को हुआ है या किसी को भी हुआ है अगर कोई भी मरीज है अगर वह समय के रहते अगर डॉक्टर की सलाह लेकर उसका उचित इलाज किया जाए तो वह बच सकता है लेकिन गाइस अगर इनका टाइम अत्यधिक हो गया है या ये अत्यधिक संख्या में वृद्धि कर गए हैं तो गाइस इसका कोई भी चांस नहीं है कि उस मरीज को बचाया जा सकता है क्योंकि गाइस कैंसर एक जानलेवा बीमारी है और कैंसर फैलता है इसके कारण किससे फैलता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे तो गाइज यह जो कैंसर होता है इसके निवारण हम लोग अगर समय रहते कर ले तो मरीज की जान बच सकती है गाइज इसमें तीनों जो तीनों कैंसर है कार्सिनोमा सार्कोमा ल्यूकेमिया ये तीनों जानलेवा है तीनों के कारण व्यक्ति की जान जा सकती है तो गायज ये तीनों जो होते हैं ये जानलेवा है तो गाइज पहला वाला जो है कार्सिनोमा या एक्टोडर्म तक को ग्रसित करता है और यह कहां पर होता है तो गाय जहाँ अस्तन कैंसर होता है गाय जहा मेल में नहीं पाया जाएगा या हमेशा फीमेल में पाया जाएगा अस्तन कैंसर जहां पर स्तन ग्रंथियाँ होती है उन्हीं में स्तन कैंसर हो जाता है तो गाय जहाँ मादाओं के अस्तन में होता है मादाओं के अस्तन में महिलाओं के स्तन में इसके बाद गए फेफड़ों का कैंसर या हमारे फेफड़े में भी हो सकता है इसमें नर मादा दोनों आ सकते हैं इसके बाद गाए यह त्वचा में भी हो सकता है यह जो हमारा त्वचा है अगर इस पर अल्ट्रावायलेट रेज़ रेस परा या यू वी या एक्स किरड़े पड़ी तो यहाँ की कुछ जो है मृत तो हो जाएंगे जिसके कारण त्वचा का भी कैंसर हो सकता है इसके बाद गाय जिया जो है एक्टोडर्म उठक को ग्रसित करेगा जिसके कारण हमारे आमाशय में जहां पर हमारा भोजन जाता है विभिन्न प्रकार के रासायनिक एंजाइमों के द्वारा वह कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन खनिज विटामिन लवण इत्यादि में विभाजित होता है तो वहां पर आमाशय को भी ग्रसित करेगा तथा साथ साथ अग्नाशय को भी ग्रसित कर सकता है कौन सा कर सकता है कार्सिनोमा कैंसर इसके बाद गाय दूसरा है सार्कोमा तो गायज या जो होता है या मेसोडर्म जो गाय मेसोडर्म अवस्था में उतक होते हैं उनको ग्रसित करता है या मेसोडर्म उतक में जो अवस्था होती है उनको ग्रसित करता है और यह कहां पर होता है अस्त कैंसर मतलब हड्डियों में हो सकता है या जो कैंसर है यह हड्डियों में हो सकता है आप गाय सोचिए अब कैंसर हड्डियों में हो गया है अब बिना उसका ज़्यादा टाइम हो गया वह अब पूरे शरीर में पूरे शरीर के आस्था में फैल गया है तो उसका उपचार करना बहुत ही असंभव हो जाता है इसके बाद गाइजिए गाँठों का कैंसर जहाँ पर हमारी हड्डियाँ जुड़ी रहती हैं जैसे यहाँ पर हड्डियाँ जुड़ी हैं यहाँ पर जुड़ी हैं यहाँ पर जुड़ी हैं है, तो इन सभी प्रकार के गाँठों में भी यह कैंसर हो जाता है और इनमें जो इनमें तेल ग्रीस का काम करता है जो इनमें तरल पदार्थ भरा है उसको पूर्ण रूप से नष्ट कर देती हैं इसके बाद गाइस सयोजी उतक गाइस मैंने बताया सयोजी उतक में ब्लड आता है लिम्फ आता है हड्डियाँ आती हैं तो यह सयोजी उतक में आता है इसके बाद गाइस हम लोगों का तीसरा है ल्यूकीमिया तो यह रक्त कोशिकाओं में होता है गाइजिया वाला तो इन दोनों से भी डेंजर है क्योंकि यह रक्त कोशिकाओं में होता है और जो रक्त कोशिका होती है यह हमारे पूरे शरीर में फैले हुए हैं क्योंकि हमारे पूरे शरीर में रक्त पूरी तरह फैला हुआ है तो यह रक्त की कोशिकाओं में पाई जाती है जिसके कारण इससे तो बचना नामुमकिन है इसके बाद यह अस्थिमज्जा में उपस्थित जो यार आर की कोशिकाओं में पाई जाती हैं तो जो अस्थिमज्जा में उपस्थित डब्लू वाइट ब्लड कार्क है उनकी संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है क्योंकि गाय कैंसरस सेल का क्या कार्य है कि इनमें अनियमितताए होती हैं ये एक सेल को अगर वह कैंसर सेल हो गई है तो ढेर सारे सेल में परिवर्तित कर देती है जिसके कारण इसमें डब्ल्यू की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तो गाय अब आइए हम लोग कैंसर के कारण के बारे में पढ़ते हैं तो जो कैंसर के कारण होते हैं इनमें है पहला भौतिक कारण जिसे बोलते हैं इंग्लिश में फिजिकल फैक्टर फिजिकल फैक्टर में क्या होता है जैसे परावैग्निकरणे अगर अल्ट्रावायलेट किरणे कहीं से भी अगर हमारे त्वचा पर पड़ती है तो वे त्वचा में उपस्थित जो कोशिकाएं होती है उनको नष्ट कर देती है कोशिकाएं नष्ट होने के कारण वे कैंसर का रूप ले लेती है जिसके कारण वे अपने बगल की भी कोशिकाओं को ग्रसित करती है और इसके बाद गाय आयोनाइजिंग विकिरण गाय ये आयोनाइजिंग विकिरण क्या होता है ये विकिरण बहुत ही घातक विकिरण होती है जो जिनका उपयोग हमारे सी स्कैन में भी किया जाता है और गाय ये आयोनाइजिंग विकिरण जो होता है या मानव द्वारा खोजी गई किरणें हैं ये किरणें जो होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं एक होती है एक्स किरणें एक होती है गामा किरणें ये जो किरणें होती है बहुत ही खतरनाक होती है ये जो आयोनाइजिंग विकिरण होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है तो गाइस हम लोग जान गए भौतिक कारण में परावैग्निक किरणे और आयोनाइजिन किरणे ये दो किरणे इसमें आती हैं भौतिक कारण में इसके बाद गाइस दूसरा है रासायनिक कारण रासायनिक कारण में क्या है रासायनों के द्वारा जो कैंसर होता है अब रासायन के सब रसायन में क्या आता है कैडमियम ऑक्साइड सी डी ओ कैडमियम ऑक्साइड की मात्रा अगर हमारे शरीर में चली जाती है तो वह हमारे शरीर के लंग्स को जो हमारे फेफड़े होते हैं उनमें वह जाकर के इन्फेक्शन को फैला देती है जिसके कारण वहाँ पर कैंसर हो जाता है दूसरा है गाय मस्टर्ड गैस अगर मस्टर्ड गैस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो ये भी हमारे लंग्स को नष्ट कर देता है या उसे ग्रसित कर देता है और तीसरा है कालिक अगर कालिक भी गाय जो इतने रासायनिक कारक क्योंकि ये और किसी कारण से नहीं जा सकते या तो मुख से जाएंगे या तो नाक से जाएंगे क्योंकि गायज ये रासायनिक पदार्थ है इन्हें हम लोग खाते पीते या कहीं और माध्यम से ये हमारे शरीर में जाएंगे, तो ये हमारे फेफड़े को ही ग्रसित करेंगे तो कालिक के द्वारा भी हमारा फेफड़ा ही ग्रसित होगा और गायज सिगरेट का धुआँ आप गायज आप लोग बताइए सिगरेट कहाँ से पीते हैं लोग मुख से ही पीते हैं गाइस सिगरेट के ऊपर लिखा भी रहता है कि सिगरेट पीना कैंसर का कारण होता है लेकिन फिर भी तब भी कोई नहीं मानता है फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं कैंसर को न्योता देते हैं कैंसर को आमंत्रित करते हैं तो गाइस सिगरेट के अत्यधिक कोई भी व्यक्ति अगर वह सिगरेट का सेवन कर रहा है तो श्योर है कि उसके फेफड़े में श्योर है कि उसके फेफड़े में कैंसर होगा उसके फेफड़े में कैंसर होगा तो गाय ये जितने भी प्रक्रम होते हैं कैडमियम ऑक्साइड मस्टर्ड गैस कालिक सिगरेट का धुआं ये सब हमारे लंग्स को लंग्स में इन्फेक्शन फैला करके हमारे लंग्स को नष्ट कर देते हैं जिसके कारण इसमें तो व्यक्ति को बचाना बिल्कुल भी संभव नहीं है इसमें व्यक्ति का मृत्यु होना निश्चित है इसके बाद गाय तीसरा आता है आनुवंशिक कारक गाइज आप लोग जानते हैं अनुवांशिक कारक को हम लोग जीन कहते हैं अनुवांशिक कारक क्या होता है वह कारक जो माता पिता के लक्षण को संत में लेकर जाता है तो उसे हम लोग आनुवंशिक कारक कहते हैं अब आनुवांशिक कारक को हम लोग जीन कहते हैं अब गाइज कोई भी कोशिकाएं होती है इसमें प्रोटो ओंकोजीन नामक प्रोटो ओंकोजीन पाया जाता है अब यही प्रोटो ओंकोजिन किसी कारणवश अगर ऑन्कोजीन जीन को श्रावित कर दे ऑन्कोजीन जीन को श्रावित कर दे तो जो कोशकाय होती है वह कैंसरस सेल का निर्माण करने लगती है अर्थात इनमें ओंकोजिन जीन के कारण अनियमितताए आ जाती है अगर प्रोटो ओंकोजिन रहेगा तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा अगर वही प्रोटो ओंकोजिन किसी कारण से ओंकोजिन जीन को श्रावित कर देगा तो वह कैंसरस सेल का निर्माण करने लगेगा तो गाय जवाइए हम लोग आगे पढ़ते हैं तो गाइस अब हम लोग जानेंगे कैंसर की जांच किस प्रकार से की जाती है तो गाइस जो कैंसर की जांच की जाती है वह प्रतिबिंबन तकनीकी इमेजिन तकनीकी के द्वारा किया जाता है yes. इमेजिंग टेक्निक प्रतिबिंबन तकनीक के द्वारा किया जाता है तो गाइस इसमें जो पहला है वह है बायोप्सी बायोप्सी में विभिन्न प्रकार की किरणों के द्वारा इसमें जो होता है इसका जाँच किया जाता है बायोप्सी में बायोसी में गाय बड़ी सी मशीन होती है उसमें व्यक्ति को अंदर भेजा जाता है तथा मैग्नेटिक क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र व बेदू क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड में इसमें जांच किया जाता है इसके बाद गाय दूसरा है एंडोस्कोपी एंडोस्कोपी के द्वारा इसमें जो है कैंसर की जांच किया जाता है अब गायज एंडोस्कोपी भी एकदम ऐसे बायोप्सी की तरह होता है लेकिन गायज यह इससे महंगा पड़ता है इसका खर्च अत्यधिक होता है और गाय तीसरा है एक्सरे सी स्कैन एम जो हर कोई सामान्य व्यक्ति करा सकता है गायजी एक्सरे में किरणों को भेजा जाता है आपको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तथा तो उसमें किरणों को छोड़ा जाएगा फिर कंप्यूटर के द्वारा उसमें जहाँ पर जिस प्रकार का डीजी, जिस प्रकार का प्रॉब्लम होगा उसे देखा जाएगा इसके बाद गाइज सी स्कैन में भी मशीन में भी डाला जाता है यह कम खर्चीला होता है जिसके द्वारा कैंसर का पता लगाया जाता है अब ऐसे नहीं है गाइज आप कह देंगे हमें कैंसर हुआ है बस वो लोग आपको पता कर देंगे आपसे पूछेंगे दर्द कहाँ हो रहा है कितने दिन से हो रहा है विभिन्न प्रकार के परीक्षण करेंगे फिर उसके पश्चात उस स्थान पर इन सभी टेस्ट को करेंगे फिर इसके बाद गाइस नेक्स्ट है एमआरआई जो एमआरआई है इसमें भी मशीन का प्रयोग किया जाता है एमआरआई में गाइस जो मशीन होता है इस प्रकार की मशीनों में जो होता है जहां पर परीक्षण किया जाता है जब मशीन में व्यक्ति को डाला जाता है तो व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार के धातु की कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए न ही सोना चांदी नहीं बेल्ट नहीं कुछ किसी भी प्रकार का नहीं और गाय जब आप लोग जाँच कराने जाएंगे तो वहां पर डॉक्टरी की तरफ से खुद ही वस्त्र मिलता है कि आप इसे पहनिए इसी को पहन करके जांच किया जाएगा तो गाइज इन सब प्रकार से इन्ही प्रक्रमों के द्वारा कैंसर का जांच किया जाता है गाइज ये दोनों तो अत्यधिक खर्चीले हैं ये वाला कोई भी सामान्य व्यक्ति करा सकता है तो गायज अब आइए हम लोग कैंसर के जांच के बारे में जान गए अब आइए हम लोग जानते हैं कैंसर के लक्षण के बारे में फिर इसके बाद कैंसर के उपचार के बारे में तो गायज जो कैंसर के लक्षण है इसमें पहला है अगर आपको कैंसर हुआ है तो ऐसा नहीं है कि छोटा सा घाव लग जाएगा जल्दी ठीक नहीं हुआ अगर बड़ा सा घाव हुआ है कम से कम इतना बड़ा अगर इतना बड़ा घाव हुआ है तो वह जल्दी ठीक नहीं होगा वह जल्दी ठीक नहीं होगा क्योंकि गाइस जो कैंसर होता है उसमें कोसकायृत हो जाती हैं, फिर इसके बाद एक कोशिका का मृत हुआ तो दूसरे कोशिका का को मृत करेगा तीसरे को मृत करेगा तो घाव ठीक कहाँ होगा बल्कि वह वृद्धि ही करेगा तो गाइस इसमें घाव जल्दी ठीक नहीं होता है और गाय जी क्यों अगर घाव लगा है अगर उसमें लगातार ब्लड का फ्लो हो रहा है तो वह कौन सा रोग है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा घाव का जल्दी ठीक ना होना कैंसर का कारण है अगर घाव लगा और घाव में जो ब्लड है लगा वह लगातार बह रहा है बंद नहीं हो रहा है तो वह कौन सा डिजीज है आप लोग कमेंट करके बताना तो गाइज इसके बाद दूसरा है इसमें शरीर में गार्ढ सा बन जाता है जो कैंसर होता है इसमें कोशिका में अत्यधिक वृद्धि हुआ जैसे यहाँ पर किसी को गिल्टी हो जाता है गिल्टी जिसे बोलते हैं कहीं पर भी कोशिका है जैसे यहीं की कोशिका है यहाँ पर अनियंत्रित रूप से वृद्धि हुआ अब ऐसा तो है नहीं या इधर चला जाएगा कोश का इधर चला जाएगा अब यहीं पर या गाठ नुमा संरचना में ऐसे फूल जाएगा तो गाय शरीर में गाठ जैसा बन जाता है तीसरा शरीर में जैसे कहीं पर किसी को भी तिल हुआ रहता है तिल या मस्सा तिल तो होता है गाय धसा हुआ रहता है और मस्सा होता है जैसे शरीर के ऊपर ऐसे छोटा सा उभरा हुआ भाग काला सा रहता है उभरा रहता है उसे हम लोग मस्सा बोलते हैं और जो तिल होता है वह त्वचा में ही होता है त्वचा के समतल होता है और जो मस्सा होता है त्वचा से थोड़ा उभरा होता है तो गायज अचानक से उसमें वृद्धि होने लगती है तो यह किसका कारण है कैंसर का क्योंकि उसमें जो सेल है जो तिल या मस्सा में सेल है उसमें अनियंत्रित रूप से वृद्धि होने लगती है गायज हालांकि ये जो केस है बहुत ही रेयर केस में ही देखे जाते हैं इसके बाद गायज चौथा है शरीर के बाहर में नियंत्रित नियन, निरंतर कमी हो जाएगा वृद्धि नहीं कमी शरीर के भार में गाइस, यहाँ पर नियं निरंतर कमी हो जाएगा जो व्यक्ति का वजन है जो उसका शरीर का भाग है भार है बॉडी वेट है वह निरंतर निरंतर ही कम होता जाएगा अत्यधिक कम होता जाएगा जिसके कारण व्यक्ति भ्य, अत्यधिक थकान कमजोरी महसूस करेगा और गाइज नेक्स्ट है भोजन को निगलने में भी कठिनाई होती है जब कैंसर होता है तो व्यक्ति जो भोजन करता है उसे भोजन को निगलने में भी कठिनाई होती है क्योंकि कैंसर में कैंसरस सेल अत्यधिक प्रभावित करती है हमारे शरीर को जिससे हमारे शरीर का हर एक सिस्टम प्रभावित होता है और गैर शरीर का थका थका रहना कैंसर में व्यक्ति जो होता है उसमें ज़रा सा भी एनर्जी नहीं बचती है एक तो उसका वेट स्लो होगा और उसे अत्यधिक थकान लगेगा और अत्यधिक वह हमेशा थका रहेगा और गाइस हमारे शरीर में एक और स्थित होती है एक अम्ल जमता है जिसके कारण हमारे शरीर में हमारे मांसपेशियों में जो होता है थकावट आती है उसका क्या नाम है हमारे शरीर की जो मांसपेशियां होती है जो पेशी भाग होता है इसमें थकावट जो आता है वह लैक्टिक अम्ल के कारण आता है लेकिन इसमें गाय लैक्टिक अम्ल की कोई भूमिका नहीं है इसमें कैंसर सेल के कारण व्यक्ति को थकान महसूस होता है तो गैस आप लोग स्क्रीन शार्ट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए अब हम लोग पढ़ेंगे कैंसर के उपचार के बारे में तो गाइज अब इसमें उपचार में जो पहला है वह है कीमोथेरेपी रासायनिक चिकित्सा दूसरा है शल्य चिकित्सा सर्जरी तीसरा है रेडियोथेरेपी विकिरण चिकित्सा और चौथा है हम लोगों का प्रतिरक्षा चिकित्सा एम्योनोथेरेपी सिस्टम तो गाइज अब आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं तो गाइस जो पहला है रासायनिक चिकित्सा इसमें रासायनिक औषधियों का, का उपयोग किया जाता है इसमें रासायनिक औषधियों का, का उपयोग किया जाता है और गाइस यह तीव्र गति से होने वाले वृद्धि को कम करता है गाइस जो होता है कीमोथेरेपी इसमें रासायनिक पदार्थों का, का प्रयोग किया जाता है अब वो रासायनिक पदार्थ किसके द्वारा जल्दी से कुछ तक पहुँचाया जाए तो उसमें मेन होता है इंजेक्शन गाइज जो इंजेक्शन होता है इसके द्वारा जो होता है दवा को लिया जाता है तथा व्यक्ति के विसल नस में लगा दिया जाता है जहाँ पर कैंसर सेल होती है वह तीव्र गति से तीव्रगामी कार्य करती है जहाँ पर जल्दी वृद्धि होती रहती है वहाँ पर जाएगा और तुरंत उसको रोक देगा गाय यह जो प्रक्रिया होती है बहुत ही तीव्र होती है तथा इसके साथ साथ अगर मान लीजिए वहाँ पर तो गया उन कोशिकाओं को नष्ट किया जो कैंसरस है उसके साथ साथ बगल की भी स्वस्थ कोशिकाओं को भी ये नष्ट करती है गाइस जो कीमोथेरेपी होता है यह बगल की कोशिकाओं पर भी प्रभाव डालता है ऐसा तो है नहीं कि केवल वो वहीं पर जाएगा जो कैंसरस है उनको भी नष्ट करेगा बगल की कोशिकाओं पर भी ये प्रभाव डालती है लेकिन गाइज ये तीव्र गति से काम करती हैं तो हम लोग जान गए रासायनिक चिकित्सा के बारे में अब दूसरा है शल चिकित्सा शल चिकित्सा शल्य मतलब गाइस मतलब मतलब हो जाएगा चिकित्सा चिकित्सा मतलब उपचार उपचारों के द्वारा किए जाने वाले उपचार को शल्य चिकित्सा कहते हैं अब गाइस शल चिकित्सा में क्या होता है इसमें कैंसर ग्रस्त भाग को काटकर निकाल दिया जाता है गाइस तो पहले वो जो विभिन्न प्रकार के एम एक्सरे तथा जो था विभिन्न प्रकार के उपचार उससे उसका पता लगाएंगे फिर इसमें जो होता है इस प्रकार के उपचार में व्यक्ति को बेहोशी की दवा दी जाती है व्यक्ति को बेहोशी की दवा देंगे व्यक्ति सो जाएगा तो उसे ले जाएंगे और गाय जी एक, एक बात और इसमें बहुत ही सावधानी बरतनी होती है वरना इससे अत्यधिक घटनाएं भी घटित हो सकती हैं तो गाय इसमें व्यक्ति को बेहोश किया जाएगा तथा इन सभी औजारों के द्वारा चाकू हो जाएगा इसमें तथा ये विभिन्न प्रकार के औजार होते हैं जो चिकित्सा के तो उसके द्वारा उस भाग को काटा जाएगा काटने के बाद उस भाग को निकाल दिया जाएगा तथा वहाँ पर मेडिसिन को लगा दिया जाएगा गाय इस प्रकार के जो घाव होते हैं उन्हें सूखने में काफ़ी टाइम लगता है जो सर्जरी के द्वारा कैंसर को निकाला जाता है तथा वो उस स्थान पर अत्यधिक पीड़ा भी होता है और गाय लेकिन इससे जो होता है इससे काट कर कैंसर सेल को निकाल लेते हैं तो बगल की कोशिशा बहुत ही कम प्रभावित तो होती है तो गायजिया हो गया सर्जरी के बारे में अब है तीसरा है विकिरण चिकित्सा रेडियो थेरेपी तो गाइस जो बिगिरट चिकित्सा होता है इसमें एक्सरे के द्वारा उपचार किया जाता है तो गाइस जो बिगिरट थेरेपी होता है उसका साइन कुछ इस प्रकार से होता है गाइस ये आप लोग देख रहे हैं ये किरण का ही किरण का ही प्रदर्शन है तो गैज इसमें जो होता है जैसे यहाँ पर व्यक्ति को कैंसर हुआ है तो यहाँ पर ढेर सारी एक्सरे किरणों को गुजारेंगे काफ़ी टाइम तक ये जब गुजारेंगे क्योंकि गैज एक्सरे किरणें बहुत ही तीव्रगामी व घातक होती है और गैज यहाँ पर किरणे मारे किरड़े भेजे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कोजगाओं को कैंसर सेल को नष्ट किया साथ साथ यह स्वस्थ कोशिकाओं को अत्यधिक मात्रा में नष्ट करता है गाइस या तो कुछ मात्रा में नष्ट करता है या भी बहुत कम मात्रा में लेकिन यह बहुत ही अत्यधिक मात्रा में नष्ट करता है क्योंकि गाय रेडिएशन कोई मामूली बात है नहीं रेडिएशन बहुत ही तीव्रगामी है, एक्सरे या उसको तो नष्ट करेगा साथ साथ बगल की कोशिकाओं को भी नष्ट करेगा तो गायज इसमें बहुत ही सावधानी बरतना होता है बहुत ही सावधानी बरतना होता है इस प्रकार के चिकित्सा में इसमें गाइस एक्सरे किरणों को भेजकर कर उपचार करते हैं तथा यह प्रक्रिया अत्यधिक हानिप्रद इसमें व्यक्ति की जान भी जा सकती है तथा अत्यधिक खर्चीला भी होता है सर्जरी में तो गायज मान लीजिए अगर वो ऑपरेशन करने लायक है तो इसमें व्यक्ति का उपचार किया जा सकता है तथा यह कम खर्चीला होगा या भी कम खर्चीला होगा लेकिन गायज या अत्यधिक खर्चीला होता है इसके बाद चौथा है प्रतिरक्षा चिकित्सा गायज इसमें कुछ इस प्रकार के दवाओं को दिया जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को दिया जाता है जिसके कारण जो व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम है वह है लो से हाई हो जाता है तथा यह धीरे धीरे कैंसरस सेल को नष्ट करता है एक समय आता है कि यह कैंसरस सेल को नष्ट करके पूर्ण रूप से व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बना देता है तो गाय यह सब होता है इसका उपचार और यह है इसके प्रक्रम इसके साइन आप लोग स्क्रीन शार्ट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए गाइस आज का बी बस यहीं तक हम लोग कैंसर के बारे में पढ़े कैंसर में अनियमितताएँ होती है जिसके कारण ढेर सारे कैंसर का कैंसर सेल का निर्माण होता है कैंसर के लक्षण के बारे में पढ़े कैंसर किसके कारण होता है भौतिक कारण रासायनिक कारण आनुवांशिक कारण के बारे में पढ़े और उसके लक्षण इसके साथ साथ इसके उपचार के बारे में भी पढ़े गाय जिसके जो उपचार होते हैं या होता है कीमोथेरेपी सर्जरी रेडियोथेरेपी इम्यूनियोथेरेपी ये चार प्रकार के द्वारा इसका उपचार किया जाता है इसमें बहुत ही इस सावधानी बरतना होता है तो गाइज आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत